जैन तीर्थ स्थल सम्मेष शिखर जी को सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से जैन समाज नाराज है जैन समाज ने सरकार के खिलाफ टीकमगढ़ में मशाल जुलूस निकाला। झारखंड राज्य स्थित शिखर जैन तीर्थ स्थल को सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से जैन धर्म अनुयायी लगातार सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं टीकमगढ़ में लगातार दूसरे दिन जैन समाज के लोग हाथ में मशाल लिए निकले इस मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष और बच्चों ने भाग लिया जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ गांधी चौराहे पर खत्म हो गया इस दौरान जैन धर्म अनुयायियों ने बताया कि हम सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हैं और जैन धर्म का बच्चा बच्चा समय शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ है जैन धर्म के लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा स्पष्ट देखने को मिला उन्होंने कहा की जब तक सरकार अपना निर्णय नहीं बदल देती तब तक जैन समाज इसी तरह जगह जगह विरोध करता रहेगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें